हमारा देश अभी सदमे से गुजरा ही कहाँ था पर एक और सदमा हमारे दिलों पर लग गया ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बिपिन रावत सर के साथ में एयरक्राफ्ट में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और वहाँ 12 आर्मी सोल्जर्स में से सिर्फ एक ही बच पाए थे जिनकी पूरी तरह से चल चुकी थी और इसकी वजह से आज उनकी भी डेथ हो चुकी है इस एक्सीडेंट में पहले कैप्टन वरुण सिंह ने अपने स्कूल में छात्रों के लिए एक लेटर लिखा था वरुण सिंह ने उस लेटर में लिखा था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था मुझे ट्वेल्थ में सिर्फ पास होने वाले मार्क्स आए और मैं अपने एफर्ट्स लगाने के बावजूद ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया लेकिन मेरा विजन क्लियर था की मुझे एयरप्लेन और एवियशन में इंटरेस्ट है तो मुझे इसी फील्ड में जाना है और आज मैं पहुँच गया